सुनान बाड़ी। ले भाई, अभी सुनाओ। <laughs> दो सौ रुपया खा के नहीं डकार बिना ले रहो कती आ भाई दे दूंगी से गायल हो रहा मेरे 200 सौ रुपया दे दीजो समझ गो अगर अपनी खैर अच्छा आवा तो ना बेटा कोई बचान वालो ना पाएगा तो चले, चले पैसे तेलू आगो मंत्री आके आग बैठोग पता मैं जब भी अमर साइकिल बैठू तू नुक पैसा न मांगे ठीक है और छोरेंगे ऊपर तो ऐसे पैसा जैसे तुम अम्बानी का बेटा हो है? आपके बैठ तेरी पे ओ तेरा फूल जाए ले चल धक्का धक्का मार मार तो ना पर मुस्कते सुना मेरे तूफानी अद्धक मारा दूंगा हम पुराने गाने भरे नए गाने भर दे तो जोर जोर के कानू लेगा तो बात एक जोर की सटर घेर के दे दे के मारूंगा सोची गाड़ा क्या नहीं पैसा देना नाता ने निकाल ले हो। माँ माँ बना ले, चाची को बना ले कभी भाभी तो, तो बिल्कुल सही कह रहे हो कल मैंने सुनो कह मेरे पेटीएम में पैसा डाल दे पता कहाँ कह रहे हो न कर यारेमेटर न हारे यार में तो ऐसी जगह हूँ ऐसे काम रहे यहाँ के यार तुम तो सब तो बात नहीं छोड़ो तू गाने जोर जोर के तू ही बता दे कैसा गाड़ा भरू गाड़े फटको टैर कर के के दिमाग खराब ना हो तो कहां गाड़ा ने ऐसा भरवा ले हुए मेरे फटको करे टहर मैंने टेंट में गोलियां छोड़ी जो जो हुई हो तेरे विदाई को टेम यहाँ पे गिलोल चलाते आवे ना है बात करे पिस्टलन की हो या की पिस्टल का निबड़गा कारतूस नहीं ही चला तो टेंट में, तो दे दे दे में। अपनी आदत सुधार ले यही बात तो सुबह पति सवाल मारो और काम ना हाथ पे मैं जब भी कोई बात तो नुकनी बेचनी मारा अब क्या तुमने मार दे तारा सा छोड़ दूंगा मैं सब बात अब छोड़ चले खेत में जाकर ना प्रेशर लो करता पाऊ कोई और काम ना आता तो आ भाई ना नू गए नू आयो एक मिनट में जा जल्दी सी ये कोई और काम तो है ना दो ही काम मिले आके क्या तो मोटरसाइकिल को तेड़ बढ़ जाएगा क्या गेंद बोल जाएगी भाई अग्के बिल्कुल मजा सुना लाला ठीक ठाक भी है तू तो? अब कह रहा हूँ हो जाएगा तेरा सो गुजारो तो तक सुने दी? खेत में खाद लगाई हो? बाहर पड़ जाएगी इन से? Oh, oh, oh, अब कहा रहे हो खेत में तमने खाद लगा दियो या गुआ उठा जेब में धर ही यार तू पानी तू लेके ना गया हो ए यार मैं थोड़ा थोड़ा सा हंगो थोड़ा हंगो हंगो ज़्यादा होगा करते रहे हो और और अरे ही नहीं धोई गई तेरे कराटा की, की पुछे वो तू एक मन ना आ जाओ तू पानी गंदा कर रहा है तू तू हो? हो अब भाई भाई मत पानी पानी पानी पी पेंट खोल तो तो तो हमने ही तो बड़ी बात ना। आ? बात ना ना है, है, तुम्हें छाती पे दूर कर ले। अभी तो रहो है। तेरे जैसे कि <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>